हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वीडियो को लाइक like कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना घंटी वाला बेल बेलाइकन ऑल पर प्रेस कर देना और आगे, शे, आगे guys, से आगे शेयर करना गाइस वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं इसलिए आप थोड़ा सपोर्ट करें हम न्यू हैं चैनल यूट्यूब पर इसलिए थोड़ा आप सपोर्ट करें गाइज गाइज एक ही चीज़ फ्री लाइक करना और सब्सक्राइब करना है। ये हमेशा फ्री है इसलिए लाइक का बटन दबा दो और सब्सक्राइब करो ग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जितना हो सके इतना शेयर करो गैज आप सपोर्ट बढ़ाएंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे टोटल गेमिंग टोटल गेमिंग जैसे कि देसी गेमर मर उनको तो आप सपोर्ट करते होंगे जो छोटा क्रिएटर हैं उनको सपोर्ट करो गाइज जो भी छोटा क्रिएटर है उनको सपोर्ट करो जो बड़े हैं वो तो वैसे भी आगे बढ़ गए उनको सपोर्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है प्लीज़ आप पर छोटे क्रिएटर को सपोर्ट करो जैसे कि हम हैं गाइज जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस करो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो प्लीज़ गाइज़ वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइज इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ गाइज इतना तो आप कर ही सकते हो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ये फ्री है हमेशा कोई पैसा नहीं लगता गाइज इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और गाइज ये बात मैं बताना भूल गया हूँ कि हमने डायमंड रखा है आलोक और डायमंड जो भी चैनल को सब्सक्राइब करेगा उन्हें डायमंड फ्री डायमंड और आलोक मिलेगा गाइज जल्दी से सब्सक्राइब मारो जो भी देख रहा है वो जल्दी से सब्सक्राइब मारो और वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा ज़्या से ज़्यादा शेयर करो जो भी सब्सक्राइब करेगा उन्हें फ्री डायमंड तो और आलोक मिलेगा जिनको चाहिए वो डायमंड चाहिए उनको डायमंड मिलेगा और आलोक चाहिए उनको आलोक मिलेगा इसलिए गाय जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को दबा दो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब के बटन को दबा दो जो भी देख रहा है जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब के बटन को दबाओ गाय जब आप सपोर्ट करो प्लीज़ छोटे क्रिएटर यानी कि जो न्यू हैं यूट्यूब पर उन्हें थोड़ा सपोर्ट करो गाइज जो बड़े हैं टोटल गेमिंग जैसी गेमर टोजर टेक्नो गैरम गेमर ज्ञान गेमिंग और राइस्टार इनको तो आप सपोर्ट करते ही हो हम जैसे छोटे क्रिएटर को प्लीज़ सपोर्ट करो गाइज़ जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब करो गाइज सब मिलेगा डायमंड और आलोक वे सबको मिलेगा अपनी आईडी कमेंट सेक्शन में भेज दो अपनी आई कमेंट सेक्शन में भेजो जिसको डायमंड और आलोक चाहिए वो जल्दी से अपनी आईडी कमेंट सेक्शन में भेजो और लिखो डायमंड चाहिए या आलोक जल्दी से गाय जो भी चैनल को सब्सक्राइब करेगा उन्हें मिलेगा और वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा और आगे से आगे शेयर करेगा उन्हें मिलेगा फ्री डायमंड और आलोक गाइज जल्दी से जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइज इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइज आप क्या कर सकते हैं आप अपना सपोर्ट दिखाओ गाइज जल्दी